सभी बड़ी कैसे आप सब आई हो पी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं तो देख सकते हैं ये है न्यू गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और इसी के बगल में बनाया जा रहा है डेहली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर रैपिड रेल जो कि अगली साल मार्च में स्टार्ट हो जाएगी ये सामने देख सकते हैं आप सब अच्छा ये देख सकते हैं ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर तो अभी जो इसका बनाने का काम है वो वो चल रहा है देख सकते हैं के खम्भे लगाए जा रहे हैं ये देख सकते हैं इधर भी और उधर भी ये देखो कुछ इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसको अगली साल मार्च तक कम्प्लीट करना है तो ये देख सकते हैं एक दूसरी लाइन से ये जोड़ा जाएगा तो उसका ही वर्क चल रहा है अभी ये देख सकते हैं इसपे फ्लोरिंग बनाने का काम चल रहा है और उधर सेड बनाने का काम चल रहा है ये देखो और तो क्रेन मशीन देखो कितनी बाहरी भरकम क्रेन मशीन लगी हुई है जेसीबी तो यही अभी वर्क चल रहा है यहाँ पर गाजियाबाद स्टेशन पर और ऊपर इस पे ट्रैक बिछाने का भी वर्क चल रहा है ये रेड लाइन को जोड़ा जाएगा फोटो बना रहे हैं ये तस्वीरें देखो और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला अभी गाजियाबाद स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन का, का काम चल रहा है और सेट बनाने का काम चल रहा है लेकिन जो साहिबाबाद और गुलडर का है उस पर सेट बना लिए गए हैं। और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट और राइट का व्यू दिखाते हैं इधर तो ये स्टीले गाटर रखे गए हैं जो कंपनी यहां वर्क कर रही है वो है केईसी तो अभी देख सकते हैं ये फ्लोरिंग का काम चल रहा है इसको ये दीवारें इसकी बनाई जा रही हैं गाजियाबाद स्टेशन की और इधर की साइड में ये आर्म्स अभी नहीं लगे हैं जो छेद चमक रहे हैं ये आर्म्स हैं, इनको भी अभी जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद में फिर इनपे गाटर लॉन्चिंग की जाएगी और फिर उसके बाद में इस पे फ्लोरिंग का काम किया जाना है तो अभी इसमें चार पांच महीने का वक्त लग जाएगा कंप्लीट होने में काफी लम्बा चौड़ा स्टेशन है और बहुत ही सुंदर स्टेशन बनाया जा रहा है यहाँ का तो देख सकते हैं वो इस दोनों साइडों में इसपे ये फ्लोरिंग का काम स्टार्ट किया जा रहा है बनाने का ऊपर की फ्लोरिंग हो चुकी है उस पर ट्रैक बिछाया जा रहा है और इधर कोई अभी खम्भा नहीं लगा है जो संदरूप बनाने का काम है तीन साइड जो बिछाया जाएगा इसके ऊपर तो इधर देखिए कोई भी पिलर अभी नहीं लगाया गया है दूसरी साइड में ही लगाया गया है तो यहाँ से बनाते हुए हम चल रहे हैं दुहाई दुहाई डिपो के लिए स्टेशन में दिखाएंगे और स्टेशन पे कितना कुछ काम हो चुका है वो भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन रहता है क्योंकि यहाँ दो भागों में ट्रैफिक बट जाता है ये कंस्ट्रक्शन की वजह से और देख सकते हैं मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर अभी इससे फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है तो ये अभी गाटर को एक गाटर से दूसरे गाटर को जोड़ने का जो काम है वो चल रहा है ये देख सकते हैं और यहाँ से ये यह कंपनी स्टार्ट हो जाती है एफ को ये एफ्को कंपनी है पहले कर लिए गए थे लेकिन सनरूफ लगाने का काम था वो कर लिया गया है देख सकते हैं ये सनरूफ लगाने का काम चल रहा है बीच बीच में ये लगाए जाएंगे उस प्लेट को क्या बोलते हैं सूर्य प्लेटर सोलर पर इस पर पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे गुलडेहर के स्टेशन पर देख सकते हो तो यहाँ पर काम कम्प्लीट हो चुका है पर तो पहले आपको बता ये 17 किलोमीटर के रूट में ये पहला स्टेशन है जो बनके तैयार हुआ है और वो आता है गुलडेहर बाकी कोई स्टेशन अभी मेरा तो ये है कि भगवान भरोसे चैनल चल ही रहा है कि पब्लिक को ये तो पता है कि भाई चल मेहनत कर रहा बंदा क्यों ठाकुर साहब ठक यार मैं तो राम भरोसे चला ही रहा हूँ हमने की बहुत ना पढ़ने से तो अच्छा ही है कुछ पढ़े और कैसे बंद होगी इसमें? अरे भैया कुछ नहीं होगा तो अभी थमने के लिए हो गया तेरा के लिए रहने ज़्यादा मुल्ले रहना और क्या दुनिया भर का तो कबाड़ भर रखा है तो हीटिंग नहीं लेगा और क्या है यार देखना एक बार फोन तो मार देख लो एक बार जब बात करना। <laughs> और इधर की साइड में आपको बता दूं कि ये दो स्टेशन सब पहले गाइस यहाँ पर ओवरहेड इक्विपमेंट नहीं लगाए गए हैं अभी तक देख सकते हैं अब आने वाला है देखना ये सही ना दोस्तों देख सकते हैं तस्वीर और ये स्टेशन स्टार्ट हो चुका है आप लोग देख सकते हैं ये लेफ्ट वाली जो साइड में है उसमें फ्लोरिंग का काम किया गया है और इस पे फ्लोरिंग किया भी जा रहा है स्टेशन देख सकते हैं किस तरीके से ये बनाया जा रहा है तो यहाँ पर आपको बता दो स्टेशन के अंदर इसपे भी वर्क किया जा रहा है जो पुताई का पेंटिंग का काम है वो किया जा रहा है और इसके बॉल्स बना दिए गए हैं साइड वाले जो दीवारें थी वो उठा दी गई हैं ये देख सकते हैं ये सेटरिंग लगी हुई है दोनों साइडों में पर इनकी फ्लोरिंग का काम किया गया है और देख सकते इधर भी फ्लोरिंग किया जाएगा ये अभी गार्टर लॉन्चिंग किए जा रहे हैं और गार्टर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस फ्लोरिंग किया जाएगा तो अभी काफी इसमें वक्त लगेगा लेकिन आपको बता दूं अगले साल मार्च तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा उससे पहले ही कंप्लीट कर लिया जाएगा बाकी तो यहां पर ये सब फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड पे जो डिपो जाएगी जिस साइड में डिपो जा रही है लेफ्ट हैंड पे उसी साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर तो राइट में जो मेरेट के लिए जा रहा है वो एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्चर द्वारा कनेक्ट किए जा रहे हैं पिलर तो देख सकते हैं यहां पर गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है और इस पर फ्लोरिंग का काम अब किया जा रहा है जो जोहाई डिपो के लिए लाइन जाएगी उस पर उसी का इस पे वर्क चल रहा है तस्वीर आप लोग देख सकते हो मेरी आंखों से ये देख सकते है और हम इसके अंदर चलेंगे दवाई डिपो के अंदर बर्कर ये है, खड़े हैं दवाई के लोग अरे यार दवाई के लोग आगे वाले सकते हैं देख सकते हैं तस्वीर अग और यहाँ से हम चलेंगे लेफ्ट जा रहा है मेरठ के लिए रूट देख सकते हैं यहाँ से और अगर हम इसके बगल से ही लेफ्ट में अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो हम कुंडली महानसवर के लिए चले जाएंगे गाई देख सकते हैं कि लॉन्चर किस तरीके से पार्क करता है यहाँ पर वो आप लोग देखेंगे तो एक रूट चला जाता है दुहाई डिपो के लिए ये लेफ्ट वाला रूट चला जाता है दुहाई डिपो के लिए ये दुहाई डिपो के लिए जा रहा है और ये राइट वाला जो रूट है वो जा रहा है मेरठ के लिए गाई देख सकते हैं तस्वीरें के लॉन्चर किस तरीके से इन्हें जोड़ रहा है ये देख सकते हैं तस्वीरें कुछ इस तरीके से ये जोड़े जाते हैं एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाता है लॉन्चर द्वारा गए और यहाँ पर जो दो पिलर तीन पिलर थे ये जब ये स्टेशन बना ये क्या नाम है स्टील का ये ब्रिज बनाया गया था यहीं पे स्टैंड किया गया था तो इसी वजह से ये पिलर लास्ट में बनाए गए हैं जब ये स्टील का जो ब्रिज है वो वहाँ पर रख दिया गया है स्टैंड पैरी फेरल पे गए उसके बाद में ये पिलर बनाए गए है तीन पिलर कैप का काम कर लिया गया दूसरे पे वो पिलर कैप लगाया जा रहा है और तीसरे पे भी लैटरिंग लगा दी जा चुकी है देख सकते हैं तस्वीरें है। नज़ारा यही था यहाँ का तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में आप सभी से तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत देख सकते है दोस्तों किस तरीके से ये पिलर कैब का, का काम किया जा रहा है और ये लॉन्चर द्वारा एक पिलर ऐसी दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है गाय तस्वीरें आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं ये देखो कुछ इस तरीके से ये चिपकाए जाते हैं ऐसा ही होता टाइप। और हम चल रहे हैं अब अपने गाजियाबाद के लिए गाइस तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि दोहाई डिपो स्टेशन दुआई स्टेशन का कितना कुछ वर्क हो चुका है आपको बता दूं जो ट्रैक लेफ्ट वाला है जो दुआई डिपो के अंदर जाएगा उसी तो पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है घाटर लॉन्चिंग हो चुकी है सारा वर्क यहां पर कंप्लीट ही हो चुका है अब दूसरा लॉन्चर ये लग, लगा हुआ है देख सकते हैं ये भी एक पिलर थे दूसरे पिलर को किस तरीके से चिपकाता है इनको जोड़ता है अपनी नजरों से देखो ये ले। आगे पीछे हो रहे हैं ये तो यही था और आगे दिखाते हैं आपको दुहाई स्टेशन पर क्या काम चल रहा है अभी क्या क्या किया जा रहा है और जो हैं वो देखिए काम करते हुए अभी तो ये फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है दुहाई स्टेशन पर और जो स्टेशन है गाई उस जो अंदर का है उस पर पेंटिंग का काम चल रहा है पेंट किया जा रहा है उनकी दीवारों पर उनपे अभी इसमें आप लोगों को बता दूं कि जो टीम सेट का वर्क है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पे। तो ये को जोड़ा जाएगा और ये देखिए गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पे फ्लोरिंग का काम किया जाएगा इस्टेशन पे हाथ में पकड़ते ये हाथ में जब पकड़ते हैं इसको तब दिक्कत नहीं करता है तब ज्यादा नहीं हिलता हित में लगे लगे थाना हिलता